<music> Roshan, Roshan, Roshan, Roshan. Diwana, Diwana, Diwana, Diwana. <music> naar bochi chok, naar <music> bochi chok, naar bochi chok, naar bochi chok. DJ Agrahim DJ Agrahim Roshan roshan roshan deewana deewana deewana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 मीठा हम दे गया रोशन रोशन रोशन दीवाना दीवाना दीवाना नया कोठी चौक नया को इब्राहिम DJ Ibrahim